ना काल ये लेकिन मैं प्रत्येक का साथ रहूंगा मेरी झलक नैरी दिखेगी आपके साथ तो वो आपसे दस किलोमीटर दूर रहेंगे निकट नहीं आ सकते कोई भी नमस्कार सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं नमस्कार मेरा नाम प्रेम प्रदाश है मैं अल्मोड़ा जिला से आया ऐसी सर आपकी मात्र 17 मिनट में रमैणी हुई और हमने देखा कि इसमें किसी भी तरीके का दिखावा नहीं हुआ न घुड़चड़ी हुई ना न बंदी हुई ना हल्दी की रसम हुई तो आपका इस बारे में क्या विचार है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हमारी जो शादी हुई सत्रह मिनट में ये बाहरी दिखावे ऐसी हटके हुई जिसमें जो चढ़ी की रस्म तो है हल्दी की रस्म है या कोई अन्य जो रस्में हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से वो समझ में आती हैं कि जो है, ये जो रस्में हैं ये शादी से हट के हैं जिनका शादी से कोई लेना देना नहीं है और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक सच्चे समाज तैयार हो रहा है जिसमें ये सामाजिक जो कुरूतियाँ हैं उनसे हट के एक नया स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है जो तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो उसका पालन भी कर रहे हैं